बुद्ध कहा है इस थ्योरी को अगर आप समझेंगे तो बुद्ध किस चीज में है आपको समझ में आ बुद्ध मूल तत्व तो है जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा बन जाता है न कोई बदल पाया है आपको समझिएगा ये बुद्ध की वाणी न कोई किसी को बदल पाया है ना बदल पाया एक आ, बदल पाएगा जो बदलना चाहता है वो बदल जाएगा जो बदल जाएगा वो बदल दे ये थ्योरी है बुद्ध की तो ये जो तो माइक लेके बुद्ध बन के घूम रहे हैं ये बुद्धत्व तो नहीं